करनो बदली रसूलों की होती रही चांद बदली से निकला हमारा नबी हल्क से उल्या, उल्या से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी एक जमाना था शरीफ मक्का का दौर था आला हजरत हज पे गए हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर थे वो भी हज पे गए हुए थे पुरानी तस्वीर अगर किसी के पास हो गुमद खजरा के पास दो खजूर के दरख्त अब तो नहीं है तमीरी जरूरियात की वजह से उनको हटा दिया गया तो शायर ने अपने अंदाज में एक तखयल बांधा और उसने कहा कब है दरख्त के सामने कब है दरख्त गुमबे वाला के सामने मजनू खड़े हैं ख़ैमाए लैला के सामने लोगों ने कहा वाह वाह कमाली कैसा तखयल बांधा बड़ी दात पाई ना लोगों से तो किसी ने आके शेर आला हजरत को वो शायर हिंदुस्तान से आए हुए उन्होंने ये शेर कहा क्या है? आला हजरत शेर सुनने की तेज थी चेहरे पर जला गैरत भड़कने लगी कहा उसको ये जरूरत के मेरे रसूल के रोजे को लैला के खेमे से तस्वीर दी लैला की औकात क्या है थर थर कामने लगे काबुला के लाओ उसे बुलाया गया हाजिर उसका ख्याल था मुझे दाद मिलेगी लेकिन कहा कि रसूल कहाला के रोजे को लैला के खेम से तो हाथ बांध के खड़ा हो गया तो फरमायाजूर आप इस फरमाया तुम्हारा मिसरा ऊला ठीक है मिसरासानी में इसलाह होगी उसने ये कहा था कब है दरख्त गुमबदे शहे वाला के सामने मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने तो हजरत ने इसलाह दी कब है दरख्त शहे वाला के सामने कुदसी खड़े हैं अरशे मोल्ला के सामने कुदसी खड़े हैं अरशे मोल्ला के सामने सफन शायरी शहर यार अपनी जगह नात कहने को अहमद रिजा चाहिए तो काबिन जहर उन्होंने क्या कहा खड़े -खड़े जब यह कसीता पढ़ चुके तो आका करीम इस्लाम ने अपनी चादर उतार के काब बिन जहैर को दे दी इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आप सना खां को बुलाए नात खां को बुलाएं उसको बाद में आप नजराना दे सकते हैं उसको जो है वो आप चादर दे सकते हैं उसको जुब्बा दे सकते हैं उसकी जो खिदमत करना चाहे कर सकते हैं ये मेरे हजूर का तरीका है लेकिन ये तमाशा न लगाए ये बरसते हुए नोट और फिर ये जो रंग ढंग हमारे स्टेजों के ऊपर होता है जिस शेर पे नोट आ रहे होते हैं वो शेर भी छः बार पड़ा जाता है वो कहते हैं ये शेर चौधरी साहब के नाम और सारे शेर हुजूर के नाम चौधरी साहब के नाम कोई शेर नहीं सारे शेर मेरे हुजूर के नाम होते नात का एक-एक एक-एक लफ्ज़ एक-एक हरफ और एक एक नुक्ता मेरे हुजूर के नाम शेर नाम कर दिया क्यों उसने ज़्यादा पैसे ज्यादा दे दिए तो उसके नाम ही शेयर हो गया ये कौन होता है इसके नाम शेर करने वाला यार ये तो चौधरी साहब हुए कौन है कौन है जिसके नाम शेर जो हजूर का शेर हो जब हजरत सैद रसीदी अकबर पे आठ वक्त आया ना आखरी वक्त तो फिर सैयद आशा सैदा जब अपने के लिए ये एक शेर कहा था तो चेहरा तम तमा रहा था तो ये मिसला उनकी जुबान पर आ गया तो हजरत सिद्दीक उस वक्त सांस आपकी टूट रही थी ऐसे सर किया और कहा जाकर रसूल होगा अबू बकर की शान नहीं رسول की शान है। तो का शेर तो नजर नहीं किया जा सकता बकर जो रसूल का अक्स है और वही जलवे उनके चेहरे के ऊपर पड़े उद को दिखाई दिए तो ज्यादा रसूल नहीं नहीं ये शान मेरे चौधरी साहब कौन होते लेकिन अल्लाह बुरा करे दौलत की मोहब्बत का इसने अकीदे छीन लिए कदरें पामाल कर और हमारे बहुत सारे नाथ खाने फिट किया होता है वही शेर हुजूर के लिए और जब किसी पीर खाने में जाते हैं नाम बदल के वही पीर साहब के लिए पीर साहब भी मस्त बन के बैठे रहते जानते होते ये नाथ का शेर है और तो तू कौन है तेरी सारी इज्जत से लगी हुई धूल के बराबर भी